जहाँ प्यार मोहब्बत फैलानी चाहिए वहाँ आजकल लोग दुश्मनी फैला रहे हैं और इंसान की परख थोड़ा सोच समझकर करना के इंसान की परख थोड़ा सोच समझकर करना क्योंकि आजकल दोस्त के रूप में भी दुश्मन छुपे बैठे हैं